नमस्कार साथियों आर.के. टेक्निकल गुरु के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है आज हम लोग बात करने वाले इस वीडियो में स्नातक से रिलेटेड जो एक स्कॉलरशिप है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना उससे रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट आई हुई है और इसमें करीबन 1.5 अरब रुपए जो है मतलब एक अरब रुपये जारी कर दिए गए हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा और जो भी छात्राएँ इसके लिए आवेदन कर चुके हैं उन सभी को रुपए जल्द से जल्द भेज दिया जाएगा साथ ही जो भी स्टूडेंट अभी तक आवेदन कर लिए हैं और नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द 31 दिसंबर सॉरी 31 मार्च 2023 से पहले आप आवेदन कर दें और जो भी स्टूडेंट इसके लिए आवेदन कर चुके हैं और उनका आईडी पासवर्ड आ चुका है तो जल्द से जल्द आप जो है कि अप्लीकेशन को फाइनलाइज कर दें क्योंकि अब इनके लिए जो है एक बहुत भारी रकम में अमाउंट जारी कर दी गई है और साथ ही इससे रिलेटेड जो है रुपये जो है ये बहुत जल्द आपके खाते में भेज दिया जाएगा और आप समय ना लेते हुए जल्द से जल्द आवेदन को फाइनलाइज कर लें साथ ही जो भी स्टूडेंट छात्राएं अभी तक आवेदन नहीं कर पाई हैं तो वो जल्द से जल्द आवेदन कर दें ठीक है अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दूँ कि इस बार जो भी स्टूडेंट स्नातक पास किए हुए हैं यानी कि 2023 में जो भी स्टूडेंट स्नातक पास किए हुए हैं उनके लिए ये आवेदन नहीं है उनके लिए नेक्स्ट सेशन में जो आवेदन शुरू होगा वो आवेदन होना है ठीक है और बार बार बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर क्या हम लोग जो इस बार पास किए हैं क्या उसका भी आवेदन होना है तो वो आवेदन इस जो अभी अप्लीकेशन हो रही है आवेदन हो रही है उसमें आपका आवेदन नहीं होगा तो नेक्स्ट सेशन का जो भी आवेदन शुरू होगा उसमें आपका आवेदन होना है ठीक है दोस्तों तो चलिए मैं चलता हूँ आरके टेक्निकल गुरु के ऑफिशियल वेबसाइट पर और देखते हैं क्या बड़ी अपडेट है और आवेदन जो कर लिए हैं वो जल्द से जल्द फाइनलाइज भी कर लें साथ ही जो आवेदन नहीं किए हैं 31 मार्च 2023 से पहले आप जल्द से जल्द आवेदन कर लें तो आर टेक्निकल ग्रुप के ऑफिसियल वेबसाइट पर जो है इसे स्नातक से रिलेटेड जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी गई है साथ ही पेमेंट का स्टेटस देखने के लिए भी यहाँ पर दे दिया गया लिंक एक्टिव कर दिया गया है और जो बड़ी इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन जो आई हुई है उस, उसका भी पेपर कटिंग जो आर्किटेक्टिकल गुरु, गुरु की ऑफिसियल वेबसाइट है अपलोड कर दी गई है तो मैं सबसे पहले आपको वो इन्फॉर्मेशन जो पेपर का कटिंग आया हुआ है मैं उसको सबसे पहले आपके बीच ये जो है तेईस को ये पेपर का कटिंग आया हुआ है ठीक है जो की ये प्रभात खबर का एक कटिंग है पेपर का इसमें आप देखेंगे तीन अप्रैल से ढाई लाख से अधिक स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं के खाते में जाएगी स्कॉलरशिप की राशि ठीक है यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है अप्रैल मतलब कि तीन से पांच अप्रैल के बीच जो भी स्टूडेंट स्नातक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर चुकी हैं और उसका आवेदन फाइनलाइज है उनका रुपए तीन से पांच अप्रैल को एनी हाउ उनके खाते में भेज दिया जाएगा ठीक है तो मैं चलिए चलता हूं अब देखते हैं आगे क्या है तो शिक्षा मंत्री प्रोफेसर जो चंद्रशेखर जी जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा कि तीन अप्रैल से विद्यार्थी के खाते में विभिन्न योजनाओं का से जुड़ी स्कॉलरशिप जो है उन सभी स्टूडेंट का स्कॉलरशिप तीन अप्रैल को भेज दिया जाएगा ठीक है इसकी तैयारी पूर्ण कर ली गई है शिक्षा मंत्री ने कहा यह भी बताया बिहार दिवस के इस अवसर पर ठीक है कि सबसे अहम स्कॉलरशिप योजना जो है मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन राशि योजना है जिसके तहत पच्चीस और पचास हजार जो है देना है ठीक है से करीब ढाई लाख से अधिक बालिकाओं को यह प्रोत्साहन राशि योजना है देना है मतलब कि ढाई लाख स्टूडेंट को यह प्रोत्साहन राशि योजना देना है ठीक है आधिकारिक जानकारी के मुताबिक स्कॉलरशिप की सबसे अहम बकाया राशि मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन राशि योजना है योजना में मार्च 2021 हजार तक स्नातक उत्तीर्ण एक लाख से अधिक यानी कि एक लाख जो स्टूडेंट है उससे अधिक पास कर चुके थे और उसको जो है प्रोत्साहन राशि दी जानी है ठीक है इन बालिकाओं को पच्चीस हजार रूपए दिया जाएगा जो 21 तक पास कर चुके हैं या फिर 21 से पहले पास कर चुके हैं उनको 25 पच्चीस हजार रुपए देना है साथ ही 22 तक जो स्टूडेंट पास किए हुए हैं उस स्टूडेंट को जो है स्कॉलरशिप जो है पचास हजार रुपए दी जाएगी ठीक है स्नातक प्रोत्साहन राशि योजना की राशि भुगतान किया जाना है सबसे अधिक जो मामला इसमें है मगध विद्यालय का है जो कि बावन स्टूडेंट जो है वो दो और बाईस सत्र के जो स्टूडेंट है पास किए हुए हैं उनका सबसे ज्यादा जो है मामला इसमें है स्टूडेंट जो आवेदन कर चुके हैं ठीक है ठीके? बाद में बाद में बाकी जो है मगध के अलावे भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो कि बाबा साहब अंबेडकर हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का है तीस वीर कुमार सिंह विश्वविद्यालय का तेरासी सौ छब्बीस तिलका मांझी विश्वविद्यालय 4511 जयप्रकाश बीवी के चौवालीस सौ मंडल के भी तीस मतलब तीन स्टूडेंट जो की दो सत्र के हैं और वो आवेदन किए हुए थे अगर किसी कारण में उसका पैसा वो अमाउंट नहीं मिला या फिर इस बार आवेदन उसका हो रहा है तो उसका भी अमाउंट इस बार आना है ठीक है साथ ही जो यहाँ पे एम एच एंडियन विश्वविद्यालय जो है इसका भी 1207 है और पटना विश्वविद्यालय का भी 250 है साथ ही ललित नारायण मिथिला जो विश्वविद्यालय है उसका भी दो सौ स्टूडेंट जो है उसका आवेदन हो चुका है और इनका भी इस बार अमाउंट आ जाएगा साथ ही इग्नू के जो भी स्टूडेंट हैं इग्नू गांधी नेशनल ओपन विश्वविद्यालय जो है उसका भी 118 मामला है साथ ही विशेष जो है विश्वविद्यालयों में लंबी जो है मामला की संख्या महज ढाई मतलब ढाई में ही है मतलब एक अप्रैल 2021 के बाद मतलब एक अप्रैल जो एक अप्रैल 2021 से पहले का है उन सभी को 25,000 फाइव थाउजेंडी रुपी, मिलेगा साथ ही एक अप्रैल दो के बाद जो भी स्नातक उत्तीर्ण किए हैं यानी कि 22 में जो भी स्टूडेंट उत्तीर्ण किए हुए हैं उन सभी स्टूडेंट को पचास हजार ने एक नए पोर्टल के से आवेदन जो ले रहे हैं ठीक है वो मेघासॉप्ट पोर्टल है मैं वो पोर्टल भी जाकर आपको दिखाऊंगा साथ ही विश्वविद्यालय में इन इस पोर्टल पर अभी तक सत्रह मतलब की एक लाख छिहत्तर हजार उनचालीस जो स्नातक उत्तीर्ण बालिकाओं के परीक्षा फल जो है अपलोड कर दिया गया है जिसमें से कि महज 75,240 बालिकाएं ने ही अभी तक आवेदन कर पाए हैं यानी कि अभी तक इनका 50 परसेंट आवेदन हो चुकी है एक स्टूडेंट में और अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट आवेदन नहीं कर कर पाए हैं तो जो भी स्टूडेंट अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं जल्द से जल्द आप आवेदन कर ले इकतीस मार्च दो से पहले क्योंकि 31 यानी कि 3 अप्रैल से लेकर के 5 अप्रैल के बीच जो है आपको उसकी राशि आपके खाते में भेज दी जाएगी ठीक है क्लियर है साथ ही जो भी स्टूडेंट अभी तक आवेदन कर लिए हैं और अगर उनका आईडी पासवर्ड आ चुका है तो आप आईडी पासवर्ड के माध्यम से आप एप्लीकेशन को फाइनलाइज भी कर लें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फाइनलाइज करने का एक वीडियो भी दे दूंगा तो वहां से जाकर के आप वो देखकर आप अपना आवेदन को फाइनलाइज कर लेंगे साथ ही जिनका आवेदन जो अभी तक उनका आईडी पासवर्ड नहीं आया हुआ है तो आप अपना एप्लीकेशन का स्टेटस जाकर देखें और देखने के बाद अगर आपका वहाँ पे सारा कुछ वेरीफाइड हो गया है तो वेरीफाइड होने के बाद आप अपना एप्लीकेशन को भी रिट्राइव कर सकते हैं रिट्राइव करने के लिए आप यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट सेक्शन में आएंगे गेट यूर यूजर आई आफ्टर वेरीफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका यूनिवर्सिटी यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा और साथ ही यहाँ पे आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे तो गेट यूजर करेंगे तो आपका अगर सारा कुछ वेरीफाई हो गया होगा तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे आपका यूजर आईडी और पासवर्ड चला जाएगा ठीक है यूजर आईडी पासवर्ड जैसे चला जाएगा उसके बाद यहाँ पे लॉगिन स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे लॉगिन इन करके वो सारा कुछ आप जो है वहाँ पे आप फाइनलाइज पे क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन संपूर्ण तरीके से वेरीफाई हो जाएगा साथ ही आप आवेदन जैसे वेरीफाई हो जाएगा आपका आवेदन तो यहाँ पे आपका देखिए यूजर आई भेजने के बाद आपको यहाँ पे देखें यहाँ पे user ID लिखा हुआ आएगा ठीक अगर आपका आवेदन आप फेनालाइज हो जाएगा तो फेनालाइज होने के बाद भी आपको जैसे ही यहाँ पे आप लॉग करेंगे यहां पे अपना आई और पासवर्ड डाल करके लॉग करने के बाद जो है आपका जैसे ही लॉग हो जाएगा लॉग होने के बाद आपका यहाँ पे लॉग होने के बाद यहाँ पे आपका एक यहाँ पे मेरा कर्सर देख रहे होंगे यहाँ पे एक फ़ाइनलाइज़ का एक ऑप्शन आ जाएगा ठीक है फ़ाइनलाइज़ का जैसे ये ऑप्शन आएगा यहाँ पे आप जैसे सबमिट करेंगे फ़ाइनलाइज़ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका रेडी फॉर पेमेंट का एक ऑप्शन यहाँ पे एनेबल हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट का आई पासवर्ड आ चुका है कृपया जल्द से जल्द आप अपना आवेदन को सब्मिट कर लें फाइनेलाइज कर लें ताकि आपका अमाउंट सौ समय आपके अकाउंट में आ जाए ठीक है जो कि तीन अप्रैल से पहले ही अमाउंट आ जाना है और जो भी दोस्त हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक कृपया जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें साथ ही बैलकन का बटन दबा दें यह हमारा आर्किटेक्ल गुरु का ये ऑफिशियल जो चैनल है इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं साथ ही बैलकन का बटन भी दबा दें और ताकि हमारे द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन दिया जाए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको भी प्राप्त हो साथ ही हमारे द्वारा इस चैनल पर बहुत ज़्यादा बहुत सारे तरीके का वीडियो भी अपलोड की जाती है तो आप लोग जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो भी हम नहीं ला पाएंगे तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है ठीक है कि आप लोग हमें सपोर्ट करें साथ ही आप लोग इस वीडियो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कलीगों तक इस चैनल को शेयर करें और उनसे भी सब्सक्राइब कराएँ दोस्तों इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा तब तक के लिए धन्यवाद